समझो यार बंद गेम छोड़ चुका है उसका मन भर चुका है उसको कहा था वो दानित फिर, फिर नहीं किया जब वो नहीं है, नहीं है फिर वो कुछ भी ऐसा हो रहा है तुम तो फिर आ जाते हो कॉल करो ये करो तुमको बड़ी याद आती है बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर थे जो यूट्यूब छोड़ के चले गए जल्दी हो गए तब तुम कुछ नहीं बोलते थे अब उसका नाम ले दूंगा उस व्यक्ति का तुम उस टाइम करो करो जब इंसान रहता है ना करता है पर हर जगह सपोर्ट किया करो नहीं कर सकते ना तो भी मत किया करो याद मध्यप्रेस टूरिज्म टूर पर निकले बाइकर ग्रुप के एक साथी बाइकर के ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। गयी सोमवार टूर बाइक सत्ताईस सितंबर को Check this.